किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई योजनाओं की घोषणा करते हैं लेकिन कई बार योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है मंदसौर में नगद खाद वितरण खाद्य होने से किसान नाराज है सोसायटी का घेराव किया है दरोदा तहसील के गाँव एलची में किसानों ने नगद खाद वितरण को लेकर सोसायटी का घेराव किया मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह सींग चौहान ने किसान हित में नगद खाद वितरण की बात कही है लेकिन कहीं भी इस प्रकार का आदेश लागू नहीं हुआ है किसानों को अभी भी खाद नहीं मिल रही है किसान कर्ज माफी का हवाला देकर नगद खाद भुगतान नहीं किया जा रहा है जिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है और ड्यू हो चुके हैं ऐसे किसान अब ना तो घर के रहे और ना ही घाट के ऐसा नहीं है खाद की कमी है खाद के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन सोसायटी में शासन का आदेश नहीं आने से नगद खाद्य वितरण नहीं किया जा रहा है जिससे किसान परेशान है अब देखना यह होगा की कितना जल्द नगद खाद वितरण का निर्णय होता है और किसानों को इसका लाभ मिल पाता है हमने आज किसानों को एक समस्या आ रही है जो नगत खाद बिक्री की तो सोसाइटी के माध्यम से हमारी यह जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि किसानों को जो नगत खाद नहीं मिल रहा है अभी क्या है गांव में सिंचाई का काम चल रहा है सबको खाद की ज़रूरत है और पर्याप्त खाद आप देखिए भले सोसाइटी में पर्याप्त खाद है मध्य प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों को खाद की कोई समस्या नहीं आएगी और सबको नगद खाद मिलेगा और करीब करीब आप ही देख लीजिए अभी सोसाइटी में पर्याप्त खाद है और शासन के द्वारा भी पर्याप्त व्यवस्था है पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की भारी समस्या आ रही है गांव में यहां हमने यहां भी पूछा अभी सोसाइटी में इनका कहना है कि हमारे पास आदेश है ऊपर से आदेश आया हुआ है कि नगद खाद नहीं दिया जाए तो मध्य प्रदेश शासन का आदेश है सर बाईस दो का कृषि विभाग यह जो सोसाइटियाँ वो ड्यू चल रही है वहाँ के लिए ये व्यवस्था की गई है जो ड्यू सोसाइटियाँ वहाँ पे नहीं की गई है वो अगर ओडियो कालात जमा कर देते हैं तो उनको हाथों हाथ परमिट बना के केस वितरण वितरण कर देते हैं परमिट पे डी ऊ में छः किसान है नहीं उनको आवश्यकता है लेकिन वो क्या ग्रीन माफ़ी की में उनके खाते जमा नहीं हुए तभी तक कालाती चल रहे हो सरकार ने लेटर हमको भेज रखा है कि वितरण उन्हीं को करना जो जमा कर दे